first floor क्रिमिनल है यार हा ए भाई भाई इधर आ यार चलो चलो इधर चलो इधर चलो मेरा नजर से आ कर मुंह से आ गया भाई भाई म, भाई। मेरे मार मैं पूरा पूरा रहा है डैमेज डैमेज। मारो जाओ। क्रिमिनल लेके आ जाते साथ में जाओ साथ में जाओ साथ में जाओ साथ में आ रहा है। मारो मारो क्रिमिनल लेके आ रहा है भाई रेड क्रिमिनल उसको मैं मारूंगा para arriba para arriba para arriba mama me iba a quitarme hasta 10 acuro da आ रहा है देखो 10 से जाना चाहिए मैं इसको टेबल के सामने मत डालो ये कुंगूला ज्यादा पास मत जाना एक मार दिया छुपा था बंदा मारते हैं भाई गलत चुप के चुपके है बंदा जाओ जाओ दोनों साथ में जाओ देखो रेड क्रिमिनल उधर से आ रहा है पीछे से आ रहा है रेड क्रिमिनल भाई पीछे से रेड क्रिमिनल आ रहा है पीछे एक नजर रखो आ रहा है क्रिमिनल आ रहा भाई भाई देखो इधर इधर इधर मारेंगे भाई मैं तो रेड क्रिमिनल यार मार दे रहा है सबको रेड क्रिमिनल को मारा पहले रेड क्रिमिनल को